नमस्कार दोस्तों हिंदी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है मैं नदा, कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न तथा उत्तरों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ नमस्कार स्ने हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल स्वागत नो असगर नदा एस एस एल सी विद्यार्थी प्रमुख परीक्षा उपयोगी प्रश्ने तुम्हें बंदी बनी हाँ प्रारंभ कश्मीरी साहेब लेखक है प्रेमचंद जी कश्मीर दा सेबो प्रेमचंद पहला प्रश्न है लेखक चीजें खरीदने गए थे? उत्तर है लेखक चीजें खरीदने चौक को गए थे लेखक वस्तुसलू चौक अर्थ दूसरा प्रश्न है लेखक को क्या नजर आए तो जवाब है लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नजर आए लेखक बण् बण्द गुलाबी सेंबु हण्डू का तीसरा प्रश्न है लेखक का जी क्यों ललचा उठा इसी प्रश्न को और एक तरीके से पूछा गया है प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा इस प्रश्न को अप्रैल 2018 में पूछा गया था यहां और एक प्रश्न पूछा गया था प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचाया इस प्रश्न को अप्रैल 2019 सितंबर 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था ये प्रश्नों का जवाब है अच्छे से सजे हुए गुलाबी रंग के सेब देखकर लेखक प्रेमचंद जी का जी ललचा उठा या तो ललचा गया विद्यार्थी प्रश्न अीत्रिले एप्रिल हत्या सेप्ट सवि इत प्रश्न कैसे अर्थ रीत रीतल अलंकदेबू हण्डू नो लेखक मनु अर्थ आ चौथा प्रश्न है टोमैटो किसका आवश्यक अंग बन गया है तो इसका जवाब है टोमैटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है विद्यार्थी टोमेटो भोजन आवश्यक अंगे पांचवा प्रश्न है स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं तो जवाब है स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है स्वादी सेबु मवी हम अर्थ छठा प्रश्न है रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी तो इसका जवाब है रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी दिनाल तॉक्टर आवश्यकते अर्थ आगते दोस्तों और छात्रों इस पाठ में से निहित अभ्यास प्रश्नों के अलावा कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है तो अधिक ध्यान दें विद्यार्थी स्नेहितरे पाठली बुरा अभ्यास प्रश्न मत बेरे प्रश्न तेजियो ना दे दय गमन तो पहला प्रश्न है प्रेमचंद जी चौक को क्यों गए थे तो इसका उत्तर है प्रेमचंद जी चौक को दो चार जरूरी चीजें खरीदने गए थे गये व्यारद अर्थ रीतिया प्रेमचंद्र बहुत चौक मुख्यवाद वस्तु खरीद वे गमन ब्राकेटली नानुअन इक्यव गम उत्तर बताते मुख्यवाद वस्तु खरीदी वरो इली अर्था तो दूसरा प्रश्न है सेब को किसका स्थान मिल चुका है तो इसका उत्तर है सेब को आम का स्थान मिल चुका है, है सिख्यवेद तो तीसरा प्रश्न है पहले गरीबों की पेट भरने की चीज क्या थी तो इसका उत्तर है गाजर पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी विद्यार्थी गजरिया मदल बड़वर बट्टे तुम्बा वस्तु पाठद्ध तो चौथा प्रश्न है प्रेमचंद जी दुकानदार से कितने शेर सेब देने को कहते हैं तो इसका उत्तर है प्रेमचंद जी दुकानदार से आधा शेर या तो आधा किलो या तो आधा केजी सेब देने को कहते हैं इधर अर्थ प्रेमचंद्रवर अंगड़ीव के जी से हण्डू को तो पांचवा प्रश्न है फल खाने का समय क्या है तो इसका उत्तर क्या है फल खाने का समय प्रातः काल है विद्यार्थी हण्डू तीन प्रातः काल अथवा मुंजाने आ गई तो छठा प्रश्न है आदमी बेईमानी कब करता है तो इसका उत्तर है आदमी जब अवसर मिलता है तब बेईमानी करता है विद्यार्थियों व्यार्थी अर्थ मनुष्यन यकाश अथवा समय सिणिकोतने की पाठल प्रेमचंद तो सातवा प्रश्न है गाजर को मेज पर क्यों स्थान मिलने लगा है इस प्रश्न को अप्रैल 2020 में पूछा गया था तो इसका उत्तर है गाजर में ढेर सारे विटामिन हैं, इसलिए मेज पर स्थान मिलने लगा है विद्यार्थियों विद्यार्थी अर्थ गजरी तुम्हें विटामिन मेज मेले स्थान सिगत दोस्तों इस पार्ट से दो तीन अंक के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे पहला प्रश्न है आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है तो इसका जवाब है आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है विद्यार्थी अर्थ दो शिक्षित समाज दल विटामिन प्रोटीन बहुत योचे तो दूसरा प्रश्न है दुकानदार ने लेखक से क्या कहा इसका जवाब है दुकानदार ने लेखक से कहा बाबूजी बड़े मजेदार से हैं, खास कश्मीर के आप ले जाएं खाकर तबीयत खुश हो जाएगी विद्यार्थी अर्थ अंगड़ियों सेबू हणु मुख्यवाश्मीर दिन तेदी आरोग्य वृद्धिया अ तीसरा प्रश्न है दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा तो जवाब है दुकानदार ने अपनी तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, सुनो आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला चुन कर लाना वनु तन्ना अंगड़ी तकड़ तक नौकर अर्ध के जी कश्मीर सेब हणु तक बात आरसी को तरबेकु अंता हेलताने चौथा प्रश्न है सेब की हालत के बारे में लिखी है। तो जवाब है लेखक जी नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह एक रुपये के आकार का छिलका गल गया था दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था तीसरा दबकर बिल्कुल पिचक गया था चौथा सेब काटा तो काला सुराग था था। अक्सर बेरों में होता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं का रूप न आकारनेेबू अर्ध को सेबू संपूर्ण हण्डा वह अदर कप रंध्रवत अच्छे तुम्हारे योग्य प्रश्न है रोज एक सेब खाने से क्या लाभ है इस प्रश्न को जून 2019 में पूछा गया था तो इसका जवाब है रोज एक सेब खाने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं सेब खाने से विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं साथ ही साथ डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी विद्यार्थी दिन सेबू तुम्हारा लाभ सब विटामि प्रोटीन गलु स्विगो जो डॉक्टर आवश्यकता छठ प्रश्न इस प्रश्न को तीन अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो कश्मीरी सेब कहानी से आपको क्या सीख मिलती है इस प्रश्न को अप्रैल 2018 में पूछा गया था अथवा इसी प्रश्न को और एक तरीक तरीके से पूछा गया है कश्मीरी सेब पाठ में लेखक पाठकों को क्या चेतावनी देते हैं जून 2018 में पूछा गया था अथवा इस प्रश्न को प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है इस प्रश्न को अप्रैल 2019 में पूछा गया था तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है छात्रगण अधिक ध्यान देकर इस उत्तर को सीखना है तो उत्तर है कश्मीरी से पाठ से लेखक पाठकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है साथ ही बाजार में होने वाली धोखेबाजी से सचेत रहने की सीख मिलती है। वद्यार्थी वंदे प्रश्न रीतल कह ऐप्रील ए सविद हद्नेट रही जून एर्स हद्नेटर आगे ऐप्रिर्स हतोबर प्रश्न क्या बेरे बेरे रीतली उतर वेत तो स्वलप गमन को ओद पदे पदेडव नोड़ा नि दय वीडियो ओदली शेरमी उत्तर कल्सकोदे अःकाशते उत्तर अर्थ यी काश्मीरदेबुपाठ सदेश इच्छा वे व्यापार वह वाट माड़ संद जगरूक रे मोस के संभव इतने जो पेटली आगुं मोसद जगरूक रू पाठ दरिये प्रश्न बहुत मुख्य परीक्षा दृष्टि कल्तक अंत नय के धन्यवाद आज की यह वीडियो कैसी रही अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो जरूर सब्सक्रईब कीजिए लाइक कीजिए और भूलना नहीं है बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी स्ने तो वीडियो वे नीडियो निम्बिष्ट आगदे दयवू सब्सक्रेबी लाइक बेलन प्रेस नतियो निमें मोदी तलते मुद्दे वीडियो हाजर आती अलीवर के नमस्कार